बता दें आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि सौ दिन में महंगाई को कम करें इतना बड़ा चुनाव हुआ एक बार भी एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है नहीं मैं मैं हैरान हूँ मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया कम कम से कम वो तो और पार्टी को आपके अंदर मेरे लिए नफरत है आपके आपके आपके आपके अंदर मेरे गुस्सा है लिए लिए लिए मैं हूं। आपके लिए, आपके लिए मैं पप्पू अलग अलग गाली दे सकते हो मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सभी गुस्सा इतना सभी क्रोध इतनी सी नफरत नहीं है मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा तो एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा निर्मला जी निर्मला जी प्लीज प्लीज ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है न तो भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में पंद्रह बीस लाख रूपए ही मिल जाएगा क्या बोले थे भाई और बहनों भाई बहनों बिजली आई बिजली मिली बिजली मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा पचास करोड़ पचास करोड़ सत्तर करोड़ करोड़ दे परिषद का लड़का आगे बच मोदी मोदी आप बोलते कि हम पांच करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था हम झूठा नहीं पूरा किया कम दबका था वहां से फोन में अच्छे जी साढ़े पंद्रह पन्द्रह ला, लड़का लड़की मम्मी पापा जी साढ़े पंद्रह पन्द्रह ला, आई अमित शाह ये नेता अमित शाह बोलो बोल दिया तो जुमला था अरे गंगा माई को भी धोखा ही दिया लो।